यूनाइटेड में से एक रिवॉर्ड बहुत अच्छा लगा है जिसको मैं बहुत पसंद किया हूँ अभी अभी उसके लिए मैं हारने के लिए तैयार था तो ये ये रहा वो गिफ्ट जो मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को इतना रेयर है ये आपको दिखाता हूँ मैं क्यों क्यू क्यो पे करना मेरे को क्योंकि पिन है एक तो उसमें मेरे को पिन बहुत अच्छा लगा मतलब बहुत हद से ज़्यादा अच्छा लग गया ये पिन कहा था हाँ में था तो पिन भैया बहुत अच्छा पिन है ये मेरे को अभी तक सबसे अच्छा पिन लगा है तो पिनों में सबसे अच्छा पिन देख सकते हो कितना तो अच्छा लग रहा है मतलब मेरे को पिन के कलेक्शन तो बहुत, नीव, बहुत नीव, है बहुत नहीं मतलब बाकी यूट्यूबर्स से तो काम मैंने आगे टॉपअप नहीं करते तो क्या मिलेगा यार तो गाई थैंक यू और हाँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था अगर आप करवाना चाहते हो तो मैं इंस्टा उन्स्टा तो चलाता नहीं so please अपनी आईडी इसी में कमेंट कर देना मेरे को ठीक है ना और ये मैं सोच रहा कि हाँ बंदे के पास डायमंड नहीं तो डायमंड नहीं दे सकते मैं डायमंड दे सकता हूँ लेकिन अगर मैं कमाऊँगा तब ना तो अगर इसीलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चार्जर वास्ट टाइम करो और पाओ अपना मन रिवॉर्ड और ना मिले तब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना मैं कह रहा हूँ तुमको जिस टाइम मेरा पहला वो चार्जर वास्ट टाइम पूरा होगा उस टाइम मैं आपको क्योंकि मेरा तुमसे वादा है सो so, चैनल पे बने रहे और चैनल को लाइफ स्टैंड में शेयर जरूर करें और कहियों को सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें मैं उनका हर सवाल का जवाब अब इस वीडियो में देने वाला हूँ हर टाइप के सवाल का